फटा पेंट वो भी ने निबो ने जोड़ीदार कानों की बाली बड़ी चमकदार लगे आंखों में कट जैसे चमत्कार के टी एम लाके बने रॉक स्टार के जाए तेरे की जल जिसों से पहले छबरे की करे तू दे हम जबलपुर के अपने वालों को देने खून रेडी

बाजू में असल तराजू में बोलना भर के चला दो में चालू मैं पिक्चर बना लू की महंगे आलू टमाटर मंगालू फटाफट पट पटा लो मैं टंटे न पालू की बातों में युवाचे इनका मंजन होता ये जुगा सट्टा चट्टी में कट्टा और दारूओ से मुड़ा मुदोता गांजे की जुंगे तंग और डाड़ियों में जंगल उगा गुम गाड़ियों में देख के है अंचल उ

चप्पल की माला तुमको माला पहनाए क्या होल चपरी की छतरी को ली बगल की अंडी बोली क्या? लड़की की जगह बेटा तुमको नचाए क्या चपल पुरुक भेड़ा घाट तेवर कर भेड़ा पार उंगली उठाकर उठा हाथ मेरे पाप ने सर बेना फेरा हाथ लगू

सिगरेट के साथ लेके आए पहचाने इनकी दो कौड़ी नहीं है पर वजनदारी हम क्या बताए लड़की भी निकले भाई बहुत आगे, आगे। प्यारुल्ला जता के लड़का भी रख के सर पे चढ़ा के फिर काटा उसने चो दू बना के दिन रात बातें इंस्टा पे आके लड़की बटाई मेहनत लगा के

मक्कन लगा के के तेरे जैसे छोड़ा ओजिंग मारे लड़का चश्मा काला वाला पहना मोटी वाली चेन चूड़ा इनको लादो कोई कहना बापू बोले बेटा सुधरो तो काम धंधा करना कहना माने ना ये उनका झापड़ देता इनको पहना चटनी बनाए तेरी चटनी चट्टे क्या हो चप्पल की माला तुमको माला पहनाए क्या

की छतरी खोली, बगल की अंडी बोली, क्या? लड़की की जगह बेटा तुमको नच्छा है क्या बेलखेड़ा एम पी सी तोड़े हट्टी गर्दन भी रोंद बात मेरी लक लग...

सी क्या करू मैं आदत की सुनता ना बाते मैं बंदा हैं सुहानी किया नी सुना बातेंदार कानों की बाली बड़ी चमकदार लगे आंखों में चमत्कार चल फोटो खींच पी रसार चटनी बनाए तेरी चटनी चटाएं क्या हो चप्पल की

छतरी खोली बगल की अंडी खोली लड़की की जगह बेटा तुमको नचाए क्या